टॉप फाइव अमेजिंग फैक्ट इंसानों के गाल पर ये डिंपल क्यों पड़ते हैं और के के जिंदा रहती है जानेंगे इसी वीडियो में। में पेट, चाय से हमारे शरीर में प्रोटीन एंड न्यूट्रेन की कमी हो जाती है नंबर थ्री अगर हम इंसानों में चीज की आंखें होती तो हम ऊंची से ऊंची बिल्डिंगों से जमीन पर चल रही चीटें को आराम से देख सकते थे नंबर फोर परियेडिम तो पर ये मांसपेशियों का सही से विकास न होने पर आते हैं नंबर फाइव जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद भी उसका दिमाग सात मिनट तक जिंदा रहता है